नताशा तारने और उसके साथी निकल पड़ते हैं करीम के घर की तरफ और कुछ समय बाद वो करीम के घर पहुंच जाते हैं वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर पहले से ही काफ़ी भीड़ मौजूद है पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी है कुछ समझ पाते उससे पहले पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा तुम सब करीम के दोस्त हो ना तुम लोगों ने ही करीम का मर्डर करके उसको गायब कर दिया है नताशा उस इंस्पेक्टर को समझाना चाहती है लेकिन इंस्पेक्टर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था वो सबको ले जाकर थाने में बंद कर देता है पर तभी तान्या के अंकल आ जा जाते हैं और सबको छुड़ा लेते हैं सब बाहर आकर चैन की सांस लेते हैं नताशा तान्या के अंकल को सारी बातें बताती है और वो समझ जाते हैं वो कहते हैं कि उनको एक दोस्त है जो पुरातत्व तो विभाग में प्रोफेसर है शायद वो हमारी कुछ मदद कर सकें फिर सब प्रोफेसर के पास पहुँच जाते हैं तान्या के अंकल प्रोफेसर से को पूरी बात बताते हैं प्रोफेसर बोलते हैं मुझे उस आईनी की फोटो देखनी है नताशा उस आईनी की फोटो उन प्रोफेसर को दिखाती है और वो देख चौंक जाते हैं आनी के आने जानने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे नई वीडियो को देखें